सो uh, so, आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी शॉक की। सर्कुलटरी शॉक क्या होता है सर्कुलेटरी शॉक एक मिनट मैं बच्चे ऐड कर शॉक का मतलब बेटे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज ऑबली नहीं है ये ये एक नेगेटिव चीज है शॉक का मतलब होता है इनसफिशिएंसी, डेफिशंसी कह आप इसको ठीक है और डेफिशिएंसी भी जो है वो बड़ी टिका के डेफिशिएंसी है कोई हल्की की नहीं है ठीक है तो सर्कुलेटरी शॉक का मतलब ये है कि सर्कुलेशन बेसिकली फेल हो गई है अपना काम करने में सर्कुलेशन का काम क्या होता है ये आप आना चाहिए मेरा पूरा हमने यूनिट कर लिया है सर्कुलेशन का काम क्या होता है एक जुमले में कौन बताया सारे खामोशों में वेरी गुड सप्लाई, ब्लड बिल्कुल करना सारी बॉडी सारे टिश्यूज को ताकि वो उनको फूड सब्सट्रेट मिल जाए उनको ऑक्सीजन मिल जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाए ठीक है यह जनाब सर्कुलेटरी ये सर्कुलेशन काम है और जब वो ये नहीं कर पाती तो कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक हो गया ठीक है So, ये ये उसकी डेफिनेशन है जनरलाइज्ड इन एडिकुएट ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी सो टिश्यू नीड्स आर नॉट ठीक है? यानी कभी कभार हो जाता है लेकिन इनफ होता है कि टिश्यू नीड्स हो जाती है पूरी लेकिन शॉक उस वक्त होता है शॉक उस वक्त होता है जब ये इनएडिक्युट जो ब्लड uh, फ्लो है ये इतना हो जाए कि टिश्यू नीड्स मीट को मीट ना कर पाए तब हम कहते हैं कि सर्कुलेशन शॉक में गए ठीक है अच्छा अब जब पेशेंट आपके पास आएगा ना शॉक का तो उसमें दो चीजें होंगी एक चीज जो खुद इसकी है परफ्यूजन ऑफ ब्लड टिश्यूज यानी जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है होता है ब्लड टिश्यूज में तो उसके कुछ नतज होते हैं तो एक जो सिम्टम आपको नजर आएगा या साइन नज़र आएगा पेशेंट में शॉक वाले पेशेंट में वो इसका होगा किसका होगा इम्पेयर ऑफ बॉडी टिश्यू यानी एक्चुअल इश्यू जो हो रहा है उसके साथ दूसरा दूसरा मजे की बात आपको क्या नजर आएगा वो नजर आएगा कि बॉडी जो है वो फाइट कर रही है तो दूसरी जो चीज नजर आएगी आपको वो है बॉडी का की अटैम्प्ट इस शॉक से निकलने की ठीक है सो वंस अगेन दो चीजें आपको इसको कहते हैं बेटे तो तो एक शॉक का पेशेंट जब आता है तो आपको दो चीजें नजर आती हैं उसमें एक शॉक ने क्या तबाही मचाई हुई है बॉडी टिश्यूज में ठीक है उसकी वजह से जो मामलात हो रहे होते हैं सिम्टम्स और साइंस ठीक है वो आपको नजर आएंगे ठीक है अः दूसरा फिर आपको नजर आएगा कि बॉडी ने जो उसको रेस्क्यू कर रही है बॉडी थ्रू सिस्टम और फ्लूइड रिटेंशन ऑफ़ द से थोड़ी बात करते हैं तो दूसरी चीज आपको जो नजर आएगी वो इसकी वजह से नजर आएगी मैं तो आपको छोटी सी बात बा बताऊँ आपको समझ आ जाएगी बात तो अगर ब्लड लॉस हो गया है और ब्लड लॉस इतना हो गया है कि सर्कुलेटरी शॉक हो गया तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा ये वो स्किन के वेल्स को कंस्ट्रक्ट कर देगा और ब्लड को डाइवर्ट करेगा टूवर्ड्स कर में, में? कर तरसील को कम कर दिया गया है बहुत कम कर दिया गया तो स्किन को क्या होगा हो गया कम इसका नतीजा क्या निकलेगा ना ना ना अनिमिया नहीं बिटे इसका नतीजा क्या निकलेगा आप जब स्किन को हाथ लगाओगे स्किन ठंडी होगी हो गर्म होगी कोल्ड होगी ठंडी होगी। दूसरा दिखने में कैसी होगी कलर कैसा होगा उसका पेल नहीं हो जाएगा पेल हो जाएगा ना तो रेड या अच्छी जो कलर है उसका नॉर्मल कलर तो नहीं रहेगा उसका कलर हल्का हो जाएगा बिल्कुल अब ये सर्कुलेटरी शॉक के पेशेंट का एक आप समझिए अपेयरेंस होती है ठीक तो तो और ब्लू भी होना शुरू हो जाएगी बेटे जब अगर इसके शौक को ट्रीट ना किया तो फिलहाल अगर फ्रेश फ्रेश शॉक है तो उसकी स्किन पेल होगी व्हाइट व्हाइट से नजर आएगी आपको पेल नजर आएगी ठीक है अगर वो क्लियर स्किन है अगर डार्क स्किन बंदा नहीं है तो ठीक है सो ये है उसकी मैनिफेस्टेशन ठीक है चलो अच्छा अब जरा थोड़ी सी बात ये अब हार्डकोर फिजियोलॉजी है है ठीक है? अब बात करते हैं की ठीक है फिजियोलॉजी क्या होते हैं शॉप अब कॉजेस को मैंने डिवाइड किया है दो सेक्शंस में ठीक है एक सेक्शन है जिसमें कार्डिक आउटपुट और वेनस रिटर्न दोनों कम हो जाती है इसकी वजह से शॉक होता है यानी ये, ये ये चीज, का का ये ये बनता बनता है है शॉक शॉक की। की। चीज़ कार्डिक आउटपुट का का कम कम हो हो जाना जाना, और रिटर्न दूसरी चीज क्या होती है दूसरी चीज होती है कि जब ये वाला मामला ना हो यानी इसका ताल्लुक जो है वो कार्डिक आउटपुट या रिटर्न से ना हो तो वो भी शॉक हो, जा, हो जाया करता है वो ये वाले शॉक्स होते हैं ठीक है? अल्बत्ता जब कार्डिक आउटपुट और रिटर्न होते होते हैं, हैं। तो वो ये वाले शॉक्स यहां तक ठीक है मैंने भी समझाया नहीं है मैं सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस किया ठीक है, है? चलो अब हम बात करते हैं पहले इस साइड की यह वाली साइड की जब कार्डिक आउटपुट गिर गया या वीनस रिटर्न गिर गई उससे शॉक कैसे होता है अब यह आपको आना चाहिए अगर मैं कार्डिक आउटपुट को गिरा देता हूं पहले चलो इस तरह बात कर रहे थे कार्डिक आउटपुट के गिरने से शॉक कैसे होगा की जो आउटपुट है वो कम वो कम कर दी आपने याद रखो कार्डिकुट के कम होने की वजह से जो शॉक होता है उसको कार्डियोजेनिकॉक कहते हैं जब हार्ट अटैक होता है ठीक है, MI, है, है इंफार्क्शन की वजह से जब हार्ट हार्ट अटैक अटैक होता अगर वो वो हो, हो हो इतना कार्डियक कार्डियक कार्डियक पंपिंग जो है, वो बहुत बुरी तरह हो जाए, तो बेटे उस कार्डियक, उस कार्डियक फेलियर के साथ शॉक भी पाया जाता ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जब हार्ट अटैक हो जाए या को, चलो कोई और मसला हो जो हार्ट के साथ खुद हो जाए खुद हार्ट के साथ मसला हो जाए हार्ट पंप सही ना कर सके जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा नीचे आ जाए उस शॉक को कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं ठीक है बाकी बाकी बताएं बच्चे ठीक है ओके ठीक अब अब आप देखें। अब आप और से देखें से कि हम कहते हैं चलो हार्ट तो ठीक है हार्ट को मसला नहीं है मसला वीनस रिटर्न में आप जानते हैं कि वीनस रिटर्न और हार्ट का चोली दामन का साथ है यस कार्डिक आउटपुट और रिटर्न का आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है ऐसा ही है इस ताल्लुक को क्या कहते हैं बच्चों मजा आ जाए बता दे तो कार्डिक आउटपुट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिटर्न एक लॉ पढ़ा था हमने हार्ट में किसी बच्चे को शाबाश वेरी गुड मरियम वेल शाबा मारुशा शुक्र है बता दिया आज फाइनल लेक्चर में वेरी गुड वेल फ्रैंक फ्रैंक लॉ लॉ ये कहता है कि जितनी बीनेस रिटर्न आएगी जितनी बीनेस रिटर्न आएगी उतना ही कार्डिक आउटपुट के लिहाज एडजस्ट होकर उसको एनहेंस कर देगा तो जितना ब्लड आएगा उतना ही ब्लड पंप कर दिया जाएगा। ये है वेल डन क्रास नाउ हम ये कहते हैं दोबारा हम शॉक पे आ जाते हैं हम ये कहते हैं कि भाई हार्ट ठीक है हार्ट में मसला नहीं मसला रिटर्न है। है? जी आपने हाथ रेस किया अच्छा, वो यहां पर आ गया था कि आपने हाथ रेस किया चलो ओके okay, कोई मसला है? तो वीनस रिटर्न किन किन चीजों में गड़बड़ हो सकती है अगर शॉक है, अगर ब्लड लॉस हो गया है अब ब्लड ही कम हो गया है, पांच लीटर से मिसाल के तौर पर साढ़े पांच लीटर हो गया या पांच लीटर साढ़े चार लीटर हो गया ठीक है, है बहुत ब्लड लॉस हो गया है. तो जब वॉल्यूम ही हो तो कम होगा हो तो जाहिर है तो जाहिर है कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो शॉक हो जाएगा यस बिल्कुल इसी तरह अगर अब ये ये बात जरा तो तो थोड़ा देखने वाली है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और मैंने उसमें क्या कहते हैं उसको, में डिटेल से है, लेकिन यहां में चाहूंगा आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिले ये जरा मजे की बात है अब डिस्ट्रीब्यूटेड या बेजोजेनिक शौक क्या होता है ये आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में अब जनाब याली ये देखे कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड शौक में ब्लड लॉस कैसे होगा बेटे एक्सीडेंट हो गया बंदे का ब्लड लॉस होना शुरू हो गया ठीक है या जल गया बंदा तो उसका फ्लूड लॉस होना शुरू हो गया ठीक है इस तरह ब्लड लॉस होता है अच्छा चलो हमें एक्सप्लेन कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटिव या वेनिकॉक अब हार्ट भी ठीक है वॉल्यूम भी ठीक है फिर भी बीनस रिटर्न कम है हार्ट भी ठीक है सही काम कर रहा है सही पंप कर रहा है और आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी फर्स्ट क्लास है लेकिन फिर भी शॉक हो गया ये शॉक डिस्ट्रीब्यूटेड या वेजोजेनिक शॉक कहलाता है ये कैसे होता वही बेटे मारिया यही आपका सवाल जो है ना बेटे ये इसको फिट कर ले आपकी बात हो रही है अभी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक बॉडी के अंदर का शॉक है बॉडी ने गड़बड़ कर दी है अब वो क्या गड़बड़ गड़ है हार्ट में भी एक्सटर्नल बात तो नहीं थी ना हार्ट ने फेल होके कोई बहुत ज्यादा कारनामा तो नहीं अंजाम दिया जब हार्ट फेल हुआ है कार्डियोजेनिक शॉक की क्या कॉज है हार्ट इट बाहर से तो किसी ने कुछ नहीं किया ठीक है ना इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव यानिक शॉक भी गड़बड़ सर्कुलेशन की है जैसे हम अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि वेजो मोटर टोन क्या होती है याद है ये हमने कल परसों पढ़ा है वेजो मोटर टोन वेजो सेंटर सेंटर सेंटर सेंटर याद है है है बच्चों में में में होता है? में एक, आ, वो होता यस यस सिंपैथेटिक वो उसके अंदर असल में नहीं बेटे उसमें एक सेंटर का नाम सिंपैथेटिक होता है एक पैरा भी होता है दोनों होते हैं सिंपैथेटिक ज़रा सिंपेथेटिकॉमनेंट होता है ठीक है याद एक बात समझ में आ गई तो मैंने बेजो मोटर टोन का जिक्र किया था वैसे किया तो था मैंने अगर मुझे याद है मैंने एक बात की थी बेजो मोटर टोन की नहीं की थी अब शायद शाबाश कैदों के नहीं की थी याद हो तो नहीं आ रहा ये बेजो मोटर टोन की मैंने जिक्र किया था नहीं किया था किया था क्या होती है ये हाँ वेरी गुड बात बात ये हो रही थी कि सारे वेसल जो होते हैं वो एक खास टोन में पड़े हुए होते हैं एक खास टोन में होते हैं जो टोन उनको मिलती है कहां से बेजो मोटर सेंटर सेजो yes? मोटर सेंटर हमें जिंदा है एक्टिव है तो उसमें से कंटिन्यूसली हल्का हल्का वेव आ रही होती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की तो वो शराब कर रही होती है तमाम सर्कुलेशन को ताकि पूरी सर्कुलेशन एक बेजो टोन की कैफियत में रहे हल्की सी हल्की सी कंप्रेस्ड रहे ताकि क्यों हम ये करते हैं बेजो टोन का फायदा क्या है ताकि ब्लड प्रेशर बरकरार रहे अब ब्लड प्रेशर अपने उसमें रहे एक खास लेवल पर रहे सही है अगर मैं आपसे कहूं कि ये वेजो मोटर टोन अचानक लॉस्ट हो गई है वाइब हो गई किसी ने प्लग निकाल लिया पीछे से तो आप का इमीजिएटली ध्यान किधर जाए? फेलियर होगा होगा कैसे कैसे शॉक शॉक शॉक हो जाएगा बेटे आपने ये दोनों जोड़नी है बाय द वे शॉक शॉक को डिस्ट्रीब्यूटेड या कहते हैं है। चलो चैट देख रहा दीब्यूटेड कौन जवाब देता है से? नहीं हाँ जी नहीं नहीं करेगा आप समझे हमने वेजो मोटर सेंटर को सुला दिया ऐसे समझना डिप्रेस कर दिया जिसकी सिंपैथेटिक उसका जो ऑफिस है वो बंद हो गया है वेजो मोटर टोन लॉस्ट हो गया ब्लड प्रेशर हो क्या होगा ब्लड प्रेशर क्या होगा लोअर नहीं बिल्कुल बिचारा ही वो बेचारा फ्लैट हो जाएगा क्योंकि बेजो मोटर टोन ही लॉस्ट हो गई है ठीक है ना तो वो सारा मैसिव क्या होगी मैसिव मैसिव, बेजो डायजेशन हो जाएगी ठीक है इसकी वजह से बेजो मोटर टोन के जा, जाने की वजह से मैसे बेजो डायरेशन हो जाएगी होगी नहीं होगी बाकी बच्चे हो जाएगी इसकी वजह से ब्लड प्रेशर को हो क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा ऐसा ही है जब ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाएगा तो आ, रिटर्न को तो क्या होगा ये चलेगी विनस रिटर्न वीनिस रिटर्न को वो भी लो हो जाएगी जब बीपी लो होगा सारे हो पूरे सिस्टम में आपने प्रेशर नीचे कर दिया है तो फ्लो भी कम हो जाएगा रिटर्न भी कम हो जाएगी कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा बंदा शॉक में चला जाएगा ठीक है अब आपने देखा कि किस तरह से मैसिव मैसेवे की वजह से बंदा शॉक में जाता है इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या तो आपको मैंने फ्लेवर देना था कि शौक फ्लेवर्स क्या होते हैं दो फ्लेवर हमने कर लिए अगर हार्ट को हमने झटका दे दिया तो कार्डियोजेनिकॉक हो जाता है अगर हमने वॉल्यूम को झटका दे दिया तो आईपोगली, हो जाता है और अगर हमने को ना छेड़ा हमने सिर्फ मैसे बेजोडाइजेशन करा दी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बिल्कुल ही नीचे आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाता है ठीक है अच्छा अब इधर आ जाएंगे बाकी वो रिकॉर्डिंग में सारी बात ये डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं मैंने अभी समझाया है सारा की वजह से बिल्कुल ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा ब्लड फ्लो बिल्कुल नीचे आ जाएगा जिसके ऐसे से रिटर्न कम हो जाएगी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा शॉक हो जाएगा ठीक है मारिया हाँ यह ना सवाल करने वाला जो अब होता ये है कि कभी-कभार आप जब एनस्ती के अंडर करते हो एक पेशेंट को, ठीक है? और उसको बेहोश करने के लिए आप देते देते हो, देते हो, सही है ना? तो कभी कभार वो जो एनेस्तीजिया की दवाई है वो ज्यादा लग जाती है या वो ज्यादा लग जाती है या पेशेंट जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है नॉर्मल डोज ऑफ द मेडिसिन से तो वो कुछ ज्यादा ही बेहोश हो जाता है ज्यादा बेहोश होने से मेरी मुराद ये है कि उसके जो सीएनएस सेंटर हैं, आप एनसीजिया में यही करते हो ना आप सी एन एस सेंटर को थोड़ा सा दबा देते हो ताकि उसको पेन फील ना हो क्योंकि बॉडी में फील नहीं होती ब्रेन में फील होती है ये बात आपको सी एन एस पढ़ाई जाए ठीक है तो जब आप एनसीजा देकर उसके ब्रेन को नम करते हो उसको पेन फील नहीं होती सही है अब इस केस में आपने या तो दवाई ज्यादा दे दी गलती से या वो सेंसिटिव ज्यादा था Uh, उस जो जो जो आपने दी, उस केस में जो, उसके जो CNS है वो ज़्यादा डि हो, हो गया तो सीएनएस में ही आता है ना वेजोमोट्रोसेंटर भी तो ज़्यादा डिप्रेस हो गया जब वो ज्यादा डिप्रेस हो गया तो उससे फिर ये सारा हिसाब किताब शुरू हो गया ठीक है समझ आई और तरीका है वैसे आपस की बात मैसे बेजो डायलेशन करवाने का एक और तरीका है जोहा मुझसे पूछ रही हो मैं बच्चों से पूछ रहा हूं आप मुझसे पूछ रही हो शाबाश वेरी गुड डायलेशन डायलेशन कराने का तरीका मैसिव नौर नौर। आपने ब्लड पड़ा। ब्लड अभी नहीं नहीं ना पढ़ा पढ़ा पढ़ा है कोई बात आज आपको छोटी सी बात बताते हैं ब्लड से ब्लड में आप डिटेल पढ़ोगे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको तो बताऊंगा आपने एलर्जिक रिएक्शन का नाम तो सुना होगा एलर्जिक रिएक्शन बेटा जब एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना वैसे एलर्जिक रिएक्शन का एक नाम जो मेडिकल नाम है वो ये है मैं लिखने लगाक्शन लगा। को एलर्जिक है। रिएक्शन है? तो लेमेन के लिए है न, जिस, जो, जिसको का नहीं पता तो आप लोग तो प्रोफेशनल हो आपको तो उसका टेक्निकल नाम पता कहते हैं कहते हैं। एलर्जी को, कहते हैं एलर्जिक को अगर किसी बंदे में रिएक्शन बड़े शदीद किस्म का हो जाए जैसे मिसाल के तौर पर आपको डस्ट से अगर एलर्जी है डस्ट से गर्द वो तो जब आँधी चलेगी या दस्तो दर्द ये थोड़ा सा डा कहीं से आ जाएगा तो आप छीक मारना शुरू कर देते हो ऐसे होता है ना आपकी वो आखें जो हैं वो सूज जाती हैं पानी आना शुरू होता है ये बेसिकलीफलेक्टिक रिएक्शन होता है हल्का फुल्का ठीक है किसी को मक्खी ने काट लिया ठीक है ना वो उस मक्खी के स्टिंग से एलर्जिक था बंदर उसको हावेवर कुछ लोगों में ये बड़ा शदीद होता है वो लोग किसी चीज से आ, आम आ, एलर्जिक नहीं होते बहुत ही ज्यादा एलर्जिक होते हैं तो जब वो चीज उनके बॉडी में दाखिल हो जाती है जिससे वो शदीद किस्म का एलर्जिक होते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं तो ये एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ना ये बड़ा मैसिव होता है ठीक है सिर्फ छींकों पर और सिर्फ खांसी पे और सिर्फ आंखों के सूजन पे नहीं इतफा करता यह क्या करता है ठीक है है तो तो जब होती है ना तो उसमें भी वो बंदा शॉक में जा सकता है ऐसे कहते हैं शॉक तो आपने मैंने लिखी दी है एनाफ्लेक्टिक शॉक ठीक है चलो वापस आ जाते हैं ये जनाब ये भी आपके हिस्सा है एनाफ्लेक्टिक शॉक भी आपने पढ़ना है वो लेक्चर में है बेटे अंदर ही वो और चीज है वो डायरेक्ट ट्रॉमा है ब्रेन में जो और आईज में जो कि ब्लड कभी कभार आंखों के आगे आ जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू होता है और आता आता वो गायब हो जाता है वो और चीज है ठीक है शॉक कैन लीड टू डेथ यस अगर आपने इमीजिएटली उसको रिवर्स ना किया अच्छा जी अब इधर आ जाए ऐसी ऐसी शौक की क्या कंडीशन uh, हैं जिसमें ना हार्ट इन्वॉल्व है ना, ना रिटर्न है। तो अब ऐसी कुछ विटामिन uh, uh, कुछ वाइटमिन के मसाइल है ठीक है किस चीज का बेटे शॉक से कोई ताल्लुक नहीं इसका किसका वो जो आंखें होता है नहीं, जो हैं हैं। नहीं वो ट्रामा है ठीक है, एक है।, है।, है।, है जब कोई भी, किसी भी तरह की कोई चीज सर्कुलेशन का फटा बिठा देना ताकि वो बॉडी के नीड्स को पूरा ना कर सके वो शौक कहलाता है ठीक है अच्छा जल्दी से अब ये देख लेते हैं कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनको कहते हैं हम हाई मेटाबोलिक डिमांड या हाई मेटाबोलिक स्टेट्स इस केस में क्या होता है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक नॉर्मल सर्कुलेशन उसका उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती यानी इतनी ज्यादा उनको सब्सट्रेट चाहिए इतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एब हाई ठीक है जैसे हाइपर थार, था कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी का जो बेजल बेजल मेटाबॉलिक रेट है बी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बॉडी हाइपर हो कोशिश की जाए तो शुरू शुरू में तो वो कर लेता है लेकिन जब थार थम अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा तो फिर है सर्कुलेशन का फटा बैठेगा और बंदा शॉर्क हो जाएगा ठीक है, अगेन ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूं डिटेल से इन uh, तो so, वो आप वेरी वेरी एक विटामिन बी uh, होती है ठीक है उसमें भी क्या होता है कि हाई मेटाबॉलिक डिमांड हो जाती है बाकी सारा मामला ठीक होता है सर्कुलेशन वगैरह सब फर्स्ट क्लास होती है लेकिन टिश्यूज में ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसकी वजह से सर्कुलेशन प्रेशर आ जाता है और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे फॉरन नहीं लगातार अगर रहे उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो शॉक में चला जाता है ठीक है चलो शौक, स्टेजेस हैं एक नॉन प्रोग्रेसिव शॉक है स्टेज है यहाँ पे ये है कि अगर अभी अभी शॉक शुरू हुआ है इसको स्टेज भी कहते हैं अगर आपने अभी थेरेपी वगैरह इसको दे दी है तो इसमें कोई मसला नहीं है ये यहीं से फिर इसकी रिकवरी शुरू हो जाती है इसी स्टेज से ये आगे नहीं जाता रिमेम्बर इसने ये पूरी टाइम है बेसिकली ये एक अगर आप इस एरो में नीचे जा रहे हैं यानी एक से। भी सात है। है, है, है, तो रहे हैं यानी है, है। तो है, है शॉप का स्टेज है यहाँ पे अगर थेरेपी हो जाए या पेशेंट स्टेबल हो जाए तो सबसे ज्यादा चांस उसके बचने का इस स्टेज पे है प्रोग्रेसिव स्टेज में अच्छा नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में थेरेपी भी इतनी कोई इन्वॉल्व नहीं होती सिर्फ आपने वेट करना होता है बॉडी खुद ही अपनी कंपनसेशन के को अप्लाई मेके बंदे को ठीक कर लेती अपने आप को ठीक कर लेती थी, ठीक है प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है इसमें थेरेपी रिक्वायर्ड होती है और ये वो स्टेज है याद रखें जहा पे आप लोग आ, आ, आ, आ, आ, आप लोग और डॉक्टर्स का जिक्र होगा कि अगर शौक बंदा आता है तो ये अगर प्रोग्रेसिव स्टेज है आ, तो उसमें फिर आप थेरेपी लगाएंगे उसको अप्रोक्रियट जो भी अप्रोक्रिय उसके लिहाज से क्योंकि इस स्टेज ये स्टेज जो है ये करती है करती थेरेपी को अगर बन जाएगी रिवर्स इन रिवर्सबल स्टेज में क्या होता है वेरी ब्रीफली मैं सारे जो मैं नहीं चाहूंगा आपको भी जाने की जरूरत नहीं है अगर नहीं जाना चाहो तो पढ़ने की कोई कैद नहीं है बेटे एक्स्ट्रा जितना चाहे पढ़ो लेकिन एक चीज है जो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो ये है कि आपको कम से कम ये स्टेजेस का बताओ लेकिन डिटेल कावेशन ना बताओ तो इरिवर्सिबल स्टेज का मतलब ये है कि अभी तक कोई ऐसी थेरेपी नहीं निकली कि वो इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक को आ, रिवर्स कर सके इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं ठीक है, है? इसलिए स्क्वायर इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं इसमें Uh, बंदे की जो लाइफ बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है मिरिकल हो जाए और वो uh, डेथ तो उसकी कंफर्म होती है। कोई बात नहीं बेटा ये अभी रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा आपके पास तो कोई इशू नहीं ठीक है थीके? तो बेटा जी तीन स्टेजेस हो गई कौन कौन सी नॉन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव इन ठीक है चलो ये पर वो इिवर्सिबल आगे कंटिन्यू किया अब हम टाइप्स ऑफ शॉक ये, ये काफी पूछा जाता है है ये ये जो है ये जो ना मेन टॉपिक है बेसिकली टॉपिक टॉपिक का मेन है टाइप्स क्या क्या होती है ठीक है अब एक जो टाइप है वो है हाइपो वोमिक आप समझ सकते हैं हाईपो यानी हाईपो वॉल्यूमिक वोलीमिक के डिक्रीज हुआ यह कम हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीजेस इसमें क्या क्या हो सकती हैं इसमें कॉज हो सकती है ट्रामा हो, हो गया सर्जरी हो गई बर्न हो, हो गया या इतनी ज्यादा हो, हो गया उसमें ठीक है बच्चों में डायरिया जो है वो बहुत कॉमन कॉज है छोटे बच्चों में वो बहुत कॉमन कॉज है शॉप में जाने की तो अगर आप एक पीड्रियाटिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो लुक आउट फॉर डायरिया अगर छोटा बच्चा है और उसको बहुत डायरिया है तो वो शॉक में जा सकता है इसलिए उसका फ्लूइड बैलेंस करना बहुत जरूरी है और डायरिया की कॉल तलाश करना उसको रोकना बहुत जरूरी है बच्चों छोटे बच्चों में डायरिया जिंदगी मौत वाला मामला होता है उनके साथ ठीक है बड़ों में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज्यादा छोटे है। होते हैं उनका जो ईसीए फॉलियम है वो छोटा होता है तो वो डायरिया से ज्यादा उनको इफेक्ट होता है ठीक है याद रखना मरेज और बर्न्स में जो वॉल्यूम का लॉस होता है उसमें फर्क क्या होता है ट्रॉमा सर्जरी में होल ब्लड लॉस होता है ए, ये ये जो तीन है इसमें होल ब्लड लॉस होता है ठीक है बर्न्स में क्या होता है एक जगह जल गई है कभी हाथ जला है बेटे चूल्हे पे जलाते हुए या कोई वैसे तो आपने देखा होगा कि वहां आबला सा बन जाता है ऐसे ही है ना स्वेलिंग सी हो जाती है आबला सा बन जाता है पानी पानी सा निकलता है वहां से ऐसा है अच्छा इतनी बार मुस्कान सा सा। वो, वो तो होता हाँ मरियम वेरी गुड ये सीरम होता है ठीक है प्लाज्मा होता है एक्चुअली प्लाज्मा होता है ठीक है ये बड़ा सीरियस मामला होता है हो जाता है अगर बर्न ज्यादा हो तो याद रखें होल ब्लड में नहीं होता, नहीं ये मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ब्रेन डेमेज या वजह से ठीक है तो इसको न्यूरोजेनिक शॉक भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी होता है न्यूरोजेनिक भी कहते हैं अगर उसका ताल्लुक सी से है तो उसको न्यूरोजेनिक कहेंगे ठीक। तो इस ये जो इंक्रीज गैसफिलर कैपेसिटी का मतलब है तो न्यूरोजेनिकॉ न्यूरोजेनिक शॉक की बेटे बात कर रहे थे ठीक है ना इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है ये बेसिकली आ, है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ठीक है उसकी उसकी एक किस्म है बुनियादी तौर पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडमिट होता है ना यह शॉक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव या इसकी आगे पर टाइप्स होती हैं ठीक है शौक लिखने की कोशिश थी वो कुछ और लिखा गया है शौक है है तो ये ये ठीक तो अगर शौक, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव उसकी वजह बने तो उसको न्यूरोजेनिक भी कहते हैं ठीक है और अगर CNS उसकी उसकी वजह नहीं है तो उसको आप सिंपल कहेंगे जी ये डिस्ट्रीब्यूटिव किया तो आप उसको उस शॉक भी कह सकते ठीक है? तो कहने का मकसद यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कई वो हैं शकलें। एक है शक्लें एक अच्छा ये देखो एनाफोलैक्टिक शॉक आई गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है यह बात आपको समझ में आएगी कंप्लीटली जब आप या तो ब्लड देख लोगे ब्लड फिजोलॉजी पढ़ लोगे या फिर वो वीडियो मेरी देख लोगे ठीक है इसमें कंप्लीट डिस्कशन वो है अवेलेबल है इनशाला देख लेना बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है जो बड़ा ही मैसिव किस्म का होता है ये हल्का फुल्का नहीं होता ये बड़ा सीरियस uh, किस्म का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से uh, uh, जो सेल्स बेजो डाइजेशन कराते हैं वो अब वो एक कंपाउंड एक हिस्टमिन है जो निकलता है बेसोफिल्स और और मास सेल्स, ठीक है? ये जो है ना, ये ये है, है, है ये ये जो ना, हर हर जगह, जगह देखें आप, करा दी है, इसकी वजह से रिटर्न डिग्री डिग्री प्रेशर सेप्टिक शॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट शॉक की टाइप है ये सेप्टिक शॉक, ब्लड की वजह से होती है मारिया ये ये क्वेटिक इससे नहीं है, है? ठीक हो सकती है और नहीं भी हो सकती ठीक है ओके कमिंग बैक टू आपको अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी है तो ज्यादातर अगर शॉक के पेशेंट हैं आपको जो आएंगे एमरजेंसी में वो हाइपोवलीमिक शॉक क्या है ये बात याद रखना। हाइपोवलीमिक शॉक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शॉक्स इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट ठीक है और अगर आपकी वार्ड में ड्यूटी लगी हुई है हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई है तो सेप्टिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन शॉक ठीक है सेप्सिस भी इसको कहते हैं जी आप डॉक्टर से सुनेंगे इसको सेप्सिस हो गई है ठीक है वो बात ये होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा बंदे को ज्यादातर ये ओल्ड पेशेंट्स में और एडमिटेड पेशेंट्स में होता है जो एडमिट हुए को होते तो, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो काबू नहीं आ रही होती वो ब्लड में चली जाती है टिश्यू से वो ब्लड में जाती है जब वो ब्लड में जाती है तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि ब्लड हर जगह जाता है ठीक है ना अब मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन एक जगह था किसी एक ऑर्गन में था ठीक है ना वो वहां कैद था वहीं परिमिटेड था लेकिन अब वो ब्लड में चला गया अब ब्लड तो हर जगह घूमता है तो ये ये ये फिर जो है है बाकी बॉडी में फैलाया जाएगा ब्लड फैलाएगा इसको जब कंडीशन हो जाती है, तो उसको कहते हैं सेप्टिक सेप्टिक शॉक शॉक ठीक है सेप्टिक ये यूजली एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता और स्टैफ ऑरियस खासतौर पर लो आ, बहुत आ, है है ठीक तो जो हॉस्पिटल एडमिटेड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन सेप्टिकॉप होता है ठीक है आप ये देख सकते हैं कि एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है आ, कि जहां पे ये इन्फेक्शन अब ब्लड उसको रोटेट कर रहा है बॉडी में तो जहा जहां ये जाएगा वहां वहां, वहां इम्यून सिस्टम भी रिएक्ट करेगा कि भाई ये कौन कौन सा आया है ठीक है ना तो जहां वो एक जगह था और एक जगह रिएक्शन हो रहा था वहां वो अब मेनी ऑफ बॉडी में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तो हर जगह से उसको इम्यून आएगी तो वो ऐड होके एक बहुत ही मैसे किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स बन जाता है ये बात समझ में आइए एक्जेजेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बनता है गुड अच्छा तो बस उसकी वजह से जनाब ये अली फीवर हो जाता है वाइड स्प्रेड बेजुड हो जाती है हाईकाटिक आउटपुट हो जाता है डिसमिनेटेड इंट्रोवेस्कुलरेशन हो जाती है मतलब तो मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं उसमें ठीक है लेकिन जो मेन बात है वो ये कि इसमें भी बेजुडेशन होती है ठीक है क्योंकि जहां जहाँ बेटा याद रखो इम्यूनिटी का जिक्र आ गया वहाँ पर आपने बेजुडन करानी चाहे वो एनाफेटिक शॉक हो चाहे वो सेप्टिक शॉक हो ये बात याद रखें दोनों में सेप्टिक और एनाफ्रेटिक शॉक में विजो होती है ठीक है और ये उसकी कॉमन कॉम्प्लीकेशन हैं, ये देख लेना अगर पढ़ लेना है तो ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी ठीक है ओके लास्टली लास्ट स्लाइड लास्ट लास्ट देख लेते हैं कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है शायद आपकी किताब में ये हो ये लफ्स हो कि जी वॉर्म शॉप किसको कहते हैं और कोल्ड शॉप किसको कहते हैं एनी आइडियाज कि ये क्या ये क्या बात हो रही है वार्म शॉक से क्या और कोल्ड शॉक से क्या मुराद है अच्छा यूजली क्या होता है कि जो शॉक का पेशेंट होता है ना आप जब उसको हाथ लगाए उसकी स्किन को तो या तो वो कोल्ड होगी या वो वार्म होगी यानी नॉर्मल या हल्की सी आपको बुखार सा महसूस होगा बंदा शॉक में होगा हाँ बॉडी या तो होगी वार्मी बुखार की कैफियत होगी या वो कोल्ड पड़ी हुई होगी तो याद रखें अब मुझे बताएं, में कोल्ड होगी या वार्म होगी हाइपोविलीमिक में क्या होगा बेटे कोल्ड होगी गुड वॉट अबाउट एनअलेक्टेड क्यों क्यों बॉम्ब होगी चार वर्ष वेरी गुड वैसे सो की वैसे होगी वेरी गुड व्हाट अबाउट सेप्टिक शॉक सेप्टिक शॉक में क्या होगा बॉम्ब होगी वेरी गुड क्यों बेटे अपना सॉरी कोड किसने ठीक है तो सेप्टिक शॉक में एक्चुअली उसको बुखार ही क्या ज्यादा होगी क्योंकि एक तो उसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ इसकी वजह से बुखार होगा दूसरा ये कि उसको वेजो डायशन भी होगी तो दोनों तरफ से आपको वो ठीक है? चलो विदूड इंशाल्लाह शाहन और uh, उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी uh, ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये uh, मेरे YouTube पे पड़े हुए हैं जब भी आप चाहें आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और आप लोगों की आसानी uh, के लिए मैंने कल आपके लिए एक अलग प्ले uh, बना दी है उसका नाम बी एस सी नर्सिंग स्टूडेंट्स रखा है तो वहाँ पे सारे जो आपसे रिलेटेड लेक्चर्स है ना सारे वो उस एक प्लेलिस्ट लिस्ट में तो